देन एपिसोड की शुरुआत होती है एक घने जंगल से जो कि जापान से थोड़ी ही दूर पर है एंड उस जंगल में एक आदमी रहता है जो कि चल रहा होता है और अपने घर की और बढ़ रहा होता है देन तभी उस आदमी के थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ पर एक वॉयलेट कलर की रेडिएशन वाला एक्सप्लोजन हो जाता है देन वहाँ पर वो जो इंसान है वो सोचने लगता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है एंड देन वो इंसान वहाँ पर जाता है एंड वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा दान हो यानी कि एक पीस्ट है एंड उस पीट पीस्ट के ऊपर एक इंसान बैठा हुआ है एंड एक बे ब्लेड भी वहां पर घूम रहा है एंड ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि एक इंसान एक बिड के ऊपर कैसे रह सकता है एंड उस बिड के ऊपर जो इंसान है उसकी नज़र पड़ जाती है उस आदमी के ऊपर एंड वो अपने बिटबिज को आदेश दे देता है कि इस इंसान को यहाँ से भगाओ एंड देन उसका जो बिड है वो उसके ऊपर आग फेंक देता है एंड देन वो जो इंसान है जिसने कि उसको देखा था वो वहाँ से भाग जाता है एंड देन वो जो उस बिड के ऊपर जो इंसान लड़का बैठा था वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक बंदे की तलाश है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ एंड देन वो चला जाता है जंगल से कहीं दूर पर देन इसके बाद आता है अगला दिन जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक लीग चल रही है टाइसन के एंड मैक्स के टाउन में ये लीग दरअसल एक फ्रेंडली बेबलेडिंग लीग है जहाँ पर टाइसन के साथ अगर कोई जीता तो उसको एक इनाम मिलने वाला है एंड ये जो टूर्नामेंट है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी कैसे उठ सकता है टाइसन को चैलेंज कर सकता है और ये सिर्फ चार घंटे के लिए है एंड देन उसके बाद बहुत सी बैटल से बैटल्स होते हैं जिसमें की टाइसन जीत रहा होता है का अपना सब कुछ शांति से देख रहा होता है रे केनी मैक्स मरा सब टाइसन को चेयर अप कर रहे होते हैं कि जीत जा साले एंड देन टाइसन कहता है कि शायद यहाँ पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं जो कि मुझे हरा सके एंड देन वहां पर एक अचानक से एक बंदा आ जाता है एंड माइंड यू कि ये वही जो कि उस रेडिएशन से बाहर निकला था एंड उस बिटबीस के ऊपर बैठा था देन वो का बना है साथ ही साथ उसका जो बेबलेट का जो बिड चिप है वो भी बहुत ही अलग है जैसे कि ओरिजिन के यूनिवर्स में होना चाहिए देन ये जो टाइम ऐसे में बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये किस टाइप का बेबलेड यूज़ कर रहा है दिन के ने भी उस बात को नोटिस कर लेती है एंड वो डी को अपने काम पे लगा देती है एंड डी वो सब रिकॉर्ड कर रही है एंड उसके बेबलेट का डाटा इकट्ठा करने के लिए रेडी हो जाती है दिन उन दोनों रेडी हो जाती है थ्री टू तो वन के, के दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं एंड देन उसके बाद एक बहुत ही तगड़ी वेव लेंथ निकल के जाती है बाहर जिससे कि उस स्टेडियम का आधा हिस्सा क्रैक हो जाता है जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड दिन जो टाइसन है उसकी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ उस उस बंदे के बेबलेट के ऊपर ही रहती है एंड टाइसन यही सोच रहे होता है कि भाई इसका बेबलेट कैसे बना है बिकॉज ऑफ यहाँ पर तो ऐसे बेबलेट मैंने आज तक कभी भी नहीं देखे हैं इसकी बिट बिज चिप भी बहुत ही अलग है ये सब क्या देख रहा हूँ मैं एंड दैन जो टाइसन है वो कहता है कि चलो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बस इसको हराना है एंड देन जो टाइसन है वो उसके ऊपर अपना एक नॉर्मल सा स्ट्रांग अटैक यूज़ कर देता है बट उसमें नुकसान टाइसन के बेबलेट के होते हैं उसकी जो ब्लेट रिंग्स है वो डैमेज हो जाती है एंड इसे देख वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा चौक जाते हैं एंड टाइसन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है एंड एंड वो जो सामने वाला बंदा है वो सिर्फ दो ही हिट में जी हां का सिर्फ दो ही हिट में टाइसन के बेबलेट को रिंग से बाहर उड़ा देता है एंड विदाउट एनी स्पेशल अटैक्स इसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा चौक चाहते हैं एंड देन जो वो बंदा है वो अपना बेबलेट ले, ले लेता है एंड वहां से चला जाता है एंड देन उसके बाद जो का है वो उस बंदे के पास चला जाता है एंड उससे कहता है कि रुको मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है एंड तुम कहाँ से आए हो देन वो जो बंद है उसको कहता है कि मेरा नाम जेवियर है एंड मैं कहाँ से आया ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता बिकॉज बिकॉज उस जगह पर तुम कभी पहुँच भी नहीं सकते हो एंड ये है कि वो वहाँ से चला जाता है देन ये सब हो जाने के बाद जो सारे के सारे ब्लेड ब्रेकर्स से यानी कि काय रे मैक्स एंड टाइसन के नहीं ये सब टाइसन के घर पर पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर जो डी जी ने एनालज़ किया था वो सब वो चेकअप कर रहे होते हैं एंड उसके बाद जो डी जी है वो उन सबको बताती है कि उस पेबलेट में ऐसी कौन सी पावर थी जिसकी वजह से टाइसन का पेबलेट सिर्फ दो ही हिट में वहाँ से बर्स्ट हो गया था दैन वो उन सबको कहती है कि जो जीविय का पेबलेट था वो दरअसल एक अलॉय से बना था एंड वो अलॉय लगभग आठ मेटल से बना हुआ था जिसमें से जो पांच मेटल्स थे वो अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी हाँ गाय डी जी बताते उसमें से जो पांच मेटल्स है अलॉय के वो इस अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते एंड ये सब सुनने के बाद सारे लोग यही विचार में पड़ जाते हैं कि भाई अगर ये मेटल एग्जिस्ट नहीं करते अर्थ पर तो उसने वो लाह से हैं एंड तो देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आपने जेवियर के ऊपर जो कि जा रहा होता है अपने होटल में एंड उस होटल में वो सब कुछ रजिस्ट्रेशन करके अपने रूम में चला जाता है रूम में चले जाने के बाद वो फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद एंड फ्रेश होने के बाद वो ये कहता है कि अभी मुझे अपने घर फिर से जाना पड़ेगा मेरा शायद से इधर का काम हो चुका है एंड देन उसके डोर पे एक नॉक होता है होटल के एंड चार पांच बार उस वेटर के नॉक करने के बाद भी वो रिस्पॉन्स नहीं करते या फिर दरवाज़ा नहीं खोलता है सो so वेटर ही दरवाज़ा खोल देता है एंड दैन वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है एंड ये देख जो वेटर है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ पंद्रह मिनट पहले ही यहाँ पर आया था एंड वो गायब कैसे हो सकता है एंड देन इसी के ऊपर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है सो वेलहाँ गाइज़ ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताओ एंड स्टोरी लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों को मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एंड अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेबी लेट रिलेटेड कॉन्टेंट इस सीरीज को आगे कंटिन्यू देखने के लिए सो so, वेलहाँ well, गाइज़ अगले में आर भी कुछ बात करेंगे सो तब तक के लिए गुड बाय सानर एंड टेक केयर सबसे मेन